छुप छुप कर तुम्हें देखने लगे देखते देखते ही कुछ अपने आप से कुछ तुमसे डरने लगे लगे। अरे पूरा तो दो धीरे धीरे करीब आते गए तुम्हारे हम धीरे धीरे करीब आते गए तुम्हारे हम धीरे धीरे तुम्हें चाहने लगे ना जाने क्या है तुम में मेरे ना जाने क्या है तुम में ऐसा कि हमें पता ही नहीं चला कब से तुम्हें मोहब्बत कर लगी धीरे धीरे जान बन गई तो हमारे बन गई नहीं बन गए धीरे धीरे जान बन गए तो हमारे और तुम्हें देख देख के जीने लगे अरे अब तो अपना आप ही भूल गए हम कब से तुम्हें चाहते थे सेफ खाए सेफ बेमेगरी वाला खाए सेफ है।